हमने लिया से बचा लिया मुल्क को सब झूठ और फरेब साबित हो गया गया आईएमएफ की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान सैतालीस हजार चार सौ टन उसका वजन है और वो आ, भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है वो उन्होंने समंदर में उतारा है आज सोलह अच्छा। सोलह है 30 जंगी जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर और ये जो है ये आ, उन्होंने तो में तो इसको तार ये ये लिखे ये समझ खुश नसीब होती है जिन्हें ऐसे अफराधर होते हैं और अगर ऐसे अफराध हुक्मरान बना दिए जाए तो कौमों की तकदीरें बदल जाती है लेकिन पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी लालू प्रसाद यादव जो था वो अनपढ़ आदमी लेकिन उसमें सलाहियत थी इंडियन रेलवे को उसने जाकर खान के बाद उठा दिया दुनिया हमारी मदद करे भले पहले हो रहा हो अरे ओए छोड़ेंगे नहीं ये वो गुलामी नामंजूर चाहे कुछ भी हो फिर बाद में कशकोल का या भीख का कटोरा लेके सारी दुनिया के पास जाना पड़ेगा उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे मारात लेनी पड़ेगी और ये जो बहरे हिंद इंडो पैसेफिक या एशिया पैसेफिक की स्ट्रेटेजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में और ये तकरीबन 16 साल 13 साल के बाद इसको इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी अरसा लगा है ये जो इंडिया ने उतारा है और बड़ा उतारा है जहाज और इसको चाइना भी देख रहा है इसको दुनिया भी देख रही है क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के के लिए और यकीनन ये ये चैलेंज बना है है अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी में उन्होंने उतारा को डराने की कोशिशों में मसरूफ है डरे हुए हैं नाम डराएं आप ये हमारा इम्तिहान है अगर हम इस इम्तिहान में सुरखुरु ना हो सके तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी कोई भी कुत कोई भी सुपर पावर हमें फनाओ होने से बचा नहीं सकेगी हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदाना खास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदाना हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई निशान नहीं है ये सैलाब की तबाह इसके बाद के जो दरपेश मुआशी इकतेंजेस है उनके खिलाफ हमें अपनी बका की जंग लड़नी है ये जंग वैसी नहीं है जैसी हमने सन 1965 में लड़ी थी ये जंग जरा मुख्तलिफ होगी उस जंग में हमारे सामने दुश्मन मौजूद था जिसने जारियत की हमने जारियत का जवाब देकर अपने अर्जे पाक का दफा किया ये 2022 सितंबर हमसे कुछ और तकाजा कर रहे हैं हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं हमसे तकाजा कर रहे कि अमली कोशिश करें आगे बढ़ें अपने हम वतनों के लिए यह मुल्क की बका की जद्दोजहद है सप्टंबर में हम कुदरत की सितम का मुकाबला कर रहे हैं इस सितम्बर में हम कुदरत की सितम का मुकाबला कर रहे हैं यहाँ जारहियत पर कुदरत ने की है हमें सबर करना है जिद्दोजहद करनी है मुसलसल मेहनत करनी है गाफिल नहीं होना है साथ नहीं छोड़ना है सहारा बनना है ताकत बनना है एक दूसरे का हाथ थामना है मुश्किल किस घड़ी में एक कौम की तरह खड़े होना है इस अज़म के साथ के हालात कितने कठिन क्यों ना हो मुश्किलें कितनी ज़्यादा क्यों ना हो हम आगे बढ़ेंगे मदद के लिए साथ देने के लिए दुख बांटने के लिए एक होकर अच्छा ये एन उस वक्त उन्होंने उतारा है जबकि वहाँ पर वस्त जो है वो वस्ता ऑफ की एक्सरसाइज चल रही हैं और चाइना के अंदर और उधर ताइवान और ये यूक्रेन का मसला खराब हो रहा है यूरोप के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं और ये यूरोप के अंदर एक क्यादत का भी बहरान है इस वक्त मतलब वहाँ पर आप देखें ना कि जर्मनी जो है मतलब जर्मनी दूसरी जंगीम के बाद जब से हिटलर ने हथियार डाले और हिटलर मारा गया तो उसके बाद से जर्मन जो हैं वो तो तरक्की की तरफ चले गए थे वो डिफेंस वगैरह पे इतना खर्चा नहीं कर रहे थे लेकिन अब वो डिफेंस पर भी उन्होंने खर्चा करना है उन्होंने गैस को भी संभालना है उन्होंने तेल को भी संभालना है तो यूरोप के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है प्रॉपर लीडरशिप क्राइसिस है कि यहाँ पर यूरोप को कौन लीड करेगा और यूरोप मतलब है कि ये इस पूरी पिक्चर में देखिए इस पूरी पिक्चर ये जो पूरी उलझा हुआ मंजरनामा है पोलिटिकल मंजरनामा इस नामे में इमरान खान साहब की इमरान खान एक सब एक बात जो कह रहे हैं उसको आप किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो जो है वो कह के वो कह, जो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है उनकी जान को अल्लाह तारा खैरियत से रखे सब आवाम को भी हुक्मरानों को भी सबको लेकिन इमरान खान साहब को हकीकता खतरा है मैंने आपसे कहना कि एक तो पहली मुसीबत थी दुख में थे लोग जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी है सैलाब नतीजे में तबाहकारी में और तो उसके बाद कैसे आप टैक्स कलेक्शन करेंगे अभी आप यानी लोगों पे जाके बिजली के बिल बढ़ाएंगे फिर उसके बाद आप टैक्स कहां से लेंगे यानी कौन से टैक्स मुझे बताए ना कि इस इन हालात में जब फसलें डूब गई हैं लोगों की फैक्ट्रियां गिर गई हैं तबाह हो गए हैं और अभी तक वो पता ही नहीं चल रहा तखमीना ही नहीं लगाया जा रहा तो उसमें आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग टैक्स देंगे और फिर वो टैक्स आप वापस करेंगे आए में तो ये सारा का सारा चूंकि एक माशी प्लान जो सैलाबों से पहले था और जो बड़ा तकलीफ दे था जो मिफ्ता इसमाही साहब ने और शबाशीद ने और बाकी लोगों ने वो तो बड़ा तकलीफ दे था वो अब उक, उक, उक, हजार गुना ज्यादा तकलीफ देने जा रहा है क्योंकि उसमें सैलाब नहीं थे ये वेरिएबल नहीं था कि सैलाब ने आना है यह वेरिएबल नहीं था कि इतनी तबाहकारियां होनी है तो ये सैलाबों और तबाहकारियों के नतीजे में तो वो पूरा जो माशी प्लान था जो कि आई के शरात के बायस पहले ही बहुत तकलीफ देता पहले ही आपने पेट्रोल बढ़ाना था किस्तों किस्तों, अब अब वो कितना बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा आपकी पैदावार अगर नहीं होगी तो आप कैसे वापस करेंगे कर्जा किस तरह से मुल्क में आगे जाने तो ये तो फंसा हुआ है सिस्टम पूरा पूरा का पूरा रियासत फंसी हुई है बीच में हाँ। और साथ ही जब इमरान खान आके ये बात कर रहे हैं कि भाई देखे लोगों लोग तो वो याद कर रहे हैं ना कि भाई क्या था लोगों को मतलब भूलना भी शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब के वक्त में कौन सी पताइयां थी क्या खराबियां थी क्या बात होती थी क्या तनकी लोग कह रहे हैं कि मैंने ठहरते हो गए यार ये आके तो इन्होंने सबने क्या कर दी है आईएमएफ का पाकिस्तान के लिए इंतबाह वजीर ख़जाना श्रीलंका की मिसाल देते नहीं थक रहे इदारा शुमारियात के होशुरुबा एदादोशुमारियामत खेस सैलाब के आफ्टर शॉक्स दुनिया का सबसे बड़ा नहरी नज़ाम तबाह वर्बाद रेलवे का निजाम दरहम बरहम की बका के लिए सियासी इस्तेकाम नागुजर मुल्क में महंगाई की जो शराह बुलंद होने का इम्कान है जबकि इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात की गई है वो ये है कि मुल गिर मुजाहरों का खदशा आईएमएफ को कोई खदशा है कि महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएंगे लालू प्रसाद यादव जो था वो अनपढ़ आदमी लेकिन उसमें सलाहियत थी इंडियन रेलवे को उसने जाकर खान के बाद उठा दिया सही है कई बरस गुजर गए तो उसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो बहुत आगे चली गई लेकिन हमारे यहाँ तो चुन के ऐसे दीवे मुतारफ कराये जाते हैं कि माशाला उनको काम आता नहीं है काम आता भी है तो उनका ध्यान अपनी तरफ सही जब तक हमारे सियासतदानायरे से बाहर नहीं निकलेंगे जाती फायदा सोचने से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक मिसाइल हल नहीं हो सकते इस का हमें पता है मैं आपको बता रहा हूँ मैंने वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट पढ़ी थी पेशकार के साथ भी हमने डिस्कस की आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखाएंगे हर साल तकरीबन एक मिलियन डायरेक्ट इफेक्टिव होते हैं सैलाब के या इस तरह की कुदरती आफात की सबसे ज्यादा जिम्मेदार सैलाब है इसके लिए प्रायर प्लान करो इससे पिछली दफा जब आया था तो बोला तीन चार हफ्ते छुट्टी कर लो छुट्टी करने में क्या बुराई है